This is for you. ना मुझे कोई और चाहिए ना कोई तुमसे अच्छा ना मुझे कोई और चाहिए ना कोई तुमसे अच्छा मुझे तो बस तू चाहिए मेरा प्यारा सा बच्चा